Allo दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले <laughs> अरे तो लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहा है ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई ये दोस्तों हमारे यूट्यूब पेज आरोप बेल आइकोन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सूचना मिल सके तुमने पतलू को देखा क्या सुबह से कहा गया है कुछ पता नहीं चलता है उनसे बहुत जरूरी काम था अगर पतलू दिखाई दे तो उन्हें जरूर बोलना मोटू उन्हें ढूंढ रहा था मैं जाके गांव के उस पार देखता हूँ हाँ मोटू सुबह सुबह यहाँ पे पतलू आया था लेकिन थोड़ा मुसीबत में लग रहा था फिर कहा गया हमें कुछ मालूम नहीं है अगर आएगा तो मैं बता दूंगा पतलू पतलू अरे तुम यहाँ बैठे हो ना जाने मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ के आ रहा हूँ अरे पतलू क्या हुआ है तुम यहाँ पे उदास बैठे हो मैं तुम्हें सुबह से पूरे गांव में ढूंढ चुका हूँ क्या बात है अपने मन इतना उदास क्यों रखे हो नहीं रे मोटू सुबह से कुछ हालात ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ की क्या करूँ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 never change should just this my stay